जब प्यार की हिम्मत नजर उठाती है ना, तो डर भी सर झुका लेता है और आप मेरे दिल में अर्जुन के प्यार के सिवा किसी और चीज के भी जगह नहीं है बस एक बात याद रखना अपने अंदर के तूफान को सीने में दबाए रखना दुनिया जब मजबूर करेगी ना तो अपने तूफान से सबको पर बात करते हो कल तक हदों से लड़ रही थी आज हर जगह मौजूद हूँ तुमको संभाल लिया है खुद में अब मैं तुम्हारा ही वजूद हूँ तुम माया को मार सकते हो अर्जुन पर माया को कभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि माया बेअंजाम है माया है। माया है, बेहद गेम हमेशा अपने लेवल के खिलाड़ी के साथ खेलना चाहिए। अगर खिलाड़ी तुमसे कमजोर, तो जीतने का मजा नहीं आता और अगर खिलाड़ी तुमसे अच्छा हो तो हार की कीमत बहुत बड़ी होती है शायद साथ रहता प्यार नहीं है शायद प्यार वो है जो जो सब कुछ खत्म हो कभी किस्मत ने कहा था कि तूफान से बच नहीं पाऊंगी पर मैंने किस्मत को दिखा दिया कि तूफान मैं हूं। मुश्किल वक्त में हार मान के रिश्ता तोड़ना आसान रास्ता होता है हार मानना मेरी आदत नहीं और आसान रास्ता लेना मेरी फितरत प्यार मांगा उसे हर हद पार करके प्यार दिया जिसने नफरत मांगी उसमें भी कोई कमी नहीं की और जिसने पागल कहा उसे अपना पागल बंद दिखा दिया सीख मौके का इंतजार करती है और तजुर्बा मौके को छीन लेता है भगवान जब आंखों में सपने देखने की ताकत देता है तो उसे पूरा करने का मौका भी देता है